भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में अंतरराष्ट्रीय बुंदेली समागम का शुभारंभ हुआ तीन दिवसीय इस आयोजन में पहले दिन अभिनेता आशुतोष राणा और कवि आलोक श्रीवास्तव ने संवाद किया इस मौके पर अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि बुंदेलखंड में भक्ति युक्ति और शक्ति का प्रभुत्व है जिसके चलते नारायण का मंदिर गया है जनजातीय संग्रहालय में अंतरराष्ट्रीय बुंदेली समागम की शुरुआत की गयी यह आयोजन तीन दिनों तक चलेगा पहले दिन अभिनेता आशुतोष राणा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी डी शर्मा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पद्मश्री अवध किशोर जड़िया पद्मश्री राम सहाय पांडे और एल एन के चांसलर जे एन चौक से मौजूद रहे कार्यक्रम में सभी का स्वागत बुंदेली नृत्य राई के साथ किया गया जिसमें बुंदेली परिधान में सभी कलाकार नजर आए बुंदेलखंड को आप बता दें बुंदेलखंड का इतिहास बहुत पुराना है 300 ईसा पूर्व की बात है 300 ईसा पूर्व से बुंदेलखंड का इतिहास माना जाता है चंदेल वंश को हराकर बुंदेली राजपूतों ने बुंदेलखंड को जीता था जब से इसका नाम बुंदेलखंड पड़ा था अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम का आयोजन किया जा रहा है यह पहली बार हुआ है जो मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम हुआ रहा है इसमें बड़े बड़े नेता और सब बुंदेलखंड से संबंधित लोग आए हुए हैं हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद है जो राजनीतिक करते हैं आपको दिखाएंगे कैसे ये क्या राजनीति में हाँ राजनीति में वो ये होता है कि हम सब लोग गाते हैं बजाते हैं और जनता मनोरंजन लेती है इसकी विशेषता क्या है राजनीति की बुंदेलखंड का अच्छा खासा ये माना जाता है नृत्य हाँ ये बुंदेलखंड का ये नृत्य तो बहुत सारा मतलब बहुत पहले से चल रहा है वो चलता रहेगा और ये बंद नहीं होगा कभी जो आपने ड्रेसेस पहनी है जो परिधान पहना है उसको क्या कहते हैं और इसको जो ड्रेस बोलते हैं और ये घोड़े के साथ ये राजनीति होता है और गोल गोल डांस करते हैं एक बार करके दिखाएंगे हाँ हाँ करके दिखाएंगे आपको जो हम इनके साथ देखेंगे राजनीति को एक बार देखते हैं चलिए हम कुछ और बात करते हैं आपने ये यंत्र कुछ लिया है इस वाद्य यंत्र का क्या नाम है इस बाजे का नाम है रमतूला जो पुरानी परम्परा से चली आए है अपने महाभारत मानवों में वो चीज़ है जो रमतूला अच्छा हम और लोगों से बात करेंगे आप भी ये रमतूला ही बोलते हैं इसको रमतूला ही बोलते हैं कैसे बजाते इसमें कुछ बताएंगे, बताएंगे। चलिए हम और भी बात करेंगे हम आपसे पूछेंगे कि ये राय नृत्य की विशेषता क्या है हाँ। हम राय गाते हैं राय बजाते हैं चोर बच्चा मृदंग गढ़ा कोटा और ये सागर जिले हाँ। में जो बंदेलखंड का रीजन आता है उसमें राय को तो बहुत महत्व दिया गया है हाँ। को, को तो राय सुना हाँ राय ये मैं पकड़ा छोड़ा हन He name the boy. So the Khan, so many, so many, so many. इसको जो आप ये बात इसको क्या बोलते हैं बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी में की बोलते हैं इसको है है इसके जो आपके गाने होते हैं राई के उसके साथ इसको बजाया जाता, हाँ। उसके साथ ताल, ताल, ताल, ताल हाँ, जाता। है मृदंग इसके साथ ढोलक बजता है झूला राय नृत्य का विशेष महत्व तो इसमें महिलाएं भी रहती है जो महिलाएं गोल गोल घूम कर हम लोग ज्यादा नहीं समझते बुंदेलखंड की परिधान रहता है उसमें गोल गोल घूम डांस किया जाता है हमारे साथ कुछ महिलाएं जो डांस के लिए अच्छा खासा वो बिंदल में जो राय नृत्य जिसको बोलते हैं ओरिजिनल उसमें डांस करते हैं आपका नाम जलधारा अच्छा ये राय नृत्य के बारे में कुछ बताएंगे फेमस है शुरू से, से चली आई है इसमें क्या विशेषता है महिलाएं जैसे गोल गोल घूमते हैं तो इसको इसको डांस नृत्य कार्यक्रम बोलते हैं तो ये कितनी देर तक का होता है किसी पर्टिकुलर गाने पर एक घंटे का भी हो जाता है घंटे का भी हो जाता है तो ये थी हमारे साथ राजनीति करने वाली महिला जिनका साफ तौर तो पर कहना है कि ये राजनीत्य है जो समय से बाधित नहीं रहता घंटों आधे घंटे जैसे जैसे सॉन्ग रहता है जैसे जैसे गीत गाए जाते हैं उस आधार पर राजनीति होता है ये बुंदेली कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा आप भी आएँ और इसका लुत्फ़ उठाएँ कैमरामैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा दखल वीणुगोपाल बुंदेली समागम में बुंदेलखंड इतिहास के साथ वहां के सांस्कृतिक आध्यात्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को कार्यक्रम के लिए बधाई दी वहीं कार्यक्रम के आयोजक सचिन चौधरी ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए बताया की ये कार्यक्रम तीन दिनों तक आयोजित किया जाएगा जिसमे बुंदेलखंड की विशेषता की झलक दिखाई जाएगी बुंदेली बोशार नाम दिया गया है और मुझे बड़ी खुशी है और मैं ढ़ेर सारी शुभकामना देता हूँ कि जो हमारी संस्कृत पर हमला हो रहा जो पश्चिमी पश्चिमी संस्कृत का पश्चिमी सभ्यता का उस बौछार को रोकने में बुंदेली बौछार कामयाब हो यही शुभकामनाएं के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम काज उदाहढ़ता बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों ने इसके कारण से एक नई जागरूकता भी आएगी और बुंदेलखंड के क्षेत्र को और अवसर मिलेंगे और इसके माध्यम से एक अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के लोगों का भी जब मिलना होगा यहां आएंगे तो प्रतिभाएँ भी निखरने का जो प्रयास होगा जैसे आज एक प्रतिभा को सम्मानित किया तो मुझे लगता है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक अच्छा कदम और अच्छा प्रयास शुरू किया तीन दिन का अद्भुत कार्यक्रम आज शुभारम्भ हुआ है और इसके साथ ही तीन दिनों तक एक से एक शानदार कार्यक्रम है बुंदेली लोक रंग कला संस्कृति व्यंजन महोत्सव है सारे लोग आमंत्रित हैं और आज तो बहुत अच्छी जो है शुरुआत हुई है तीनों दिन तक बहुत जमके बुंदेली लोक कला संस्कृति के बुंदेली के जो अच्छे अद्भुत लोग हैं उन सब से एक साथ मिलकर बैठेंगे बतेंगे और संस्कृति की बातें करेंगे बुंदेली के सौजन्य तो से जो ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम का कार्यक्रम किया गया है ये अपने एक विशेष पहचान बनाएगा और देश में बुंदेली भाषा और संस्कृति को एक अपनी एक, एक स्थिति देगा जो बुंदेली को पूरे देश में स्थापित करेगी आप देख रहे हैं दखल न्यूज